नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है आशीष अग्रवाल और आप सभी का स्वागत है फ्रेंचाइजी बताओ पर आप सभी लोगों की विशेष डिमांड पर हम दिल्ली में दोबारा लेकर आ रहे हैं फ्रेंचाइजी अपॉर्चुनिटी फेयर नए साल का स्वागत हम नए बिजनेस के साथ करेंगे नया बिजनेस नई तरक्की नए रास्ते सो फ्रेंड्स जो हमारा फ्रेंचाइजी अपॉर्चुनिटी शो है वो ग्यारह जनवरी दो जी हां दोस्तों 2020 2020 आने में कुछ ही दिन बचे हुए हैं तो 11 जनवरी 2020 को हम लोग शास्त्री नगर दिल्ली में फ्रेंचाइजी अपॉर्चुनिटी फेयर ऑर्गेनाइज कर रहे हैं जिसकी की सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको गूगल फॉर्म मिल जाएगा जिसको फिलअप आप कर सकते हैं और हम आपको कॉल कर उसकी बाकी सारी जानकारी जरूर बताएंगे इस फ्रेंचाइजी अपॉर्चुनिटी फेयर में आपको 20 से अधिक कंपनीज लाइव मिलेंगी और साथ ही साथ वन ऑन वन कंसल्टेशन का भी मौका मिलेगा आप अपने बिजनेस के बारे में कंसल्ट कर सकते हैं अगर आप एक बिजनेस ऑनर हैं और आप अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहते हैं आप लोगों तक फ्रेंचाइजी देना चाहते हैं तो इस फ्रेंचाइजी अपॉर्चुनिटी फेयर में आप अपना स्टॉल लगा सकते हैं साथ ही साथ अगर आप नया बिजनेस सर्च कर रहे हैं और आपको ये नहीं पता है कि आपको कौन सा बिजनेस ओपन करना है तो आप हमसे मिलकर आप अपने बजट के हिसाब से अपने लोकेशन के हिसाब से और कितना टाइम आपको इसमें स्पेंड करना है इसके हिसाब से आप कोई भी बिजनेस सर्च कर सकते हैं फ्रेंचाइजी बताओ पर हम आपको सौ से अधिक फ्रेंचाइजी के साथ डील करते हैं लेकिन आपको इस फ्रेंचाइजी फेयर में बीस फ्रेंचाइजी ही लाइव देखने को मिलेंगी जी हाँ दोस्तों ये जो फ्रेंचाइजी फेयर ऑर्गेनाइज कर रहा है ये फ्रेंक्यूब प्रमोशंस प्राइवेट लिमिटेड जिसका कि ब्रांड नेम है फ्रेंचाइजी बताओ ये ऑर्गेनाइज कर रहा है और ये शास्त्री नगर मेट्रो स्टेशन के बिल्कुल पास में ऑर्गेनाइज हो रहा है सो so, दोस्तों मेट्रो से उतरते ही मुश्किल से आपको एक मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस है तो आपको आने में भी बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी रेड लाइन मेट्रो पर यह मौजूद है 11 जनवरी 2020 सवेरे 10 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक अवेलेबल है नॉर्मली ऐसे फ्रेंचाइजी शो की टिकट जो होती है एक होती है लेकिन चूंकि साल का यह पहला फ्रेंचाइजी शो है हमारे द्वारा इसलिए इसमें आपके लिए कोई भी एंट्री फी नहीं रखी गई है कोई भी कंसल्टेशन फी नहीं रखी गई है अगर आप अपने बिजनेस की कंसल्टेंसी करवाना चाहते हैं तो 11 जनवरी को हम आपके लिए बिल्कुल फ्री कर रहे हैं आपको कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं है आप एक एंटरप्रेनशिप का रास्ता कैसे तय करेंगे किस तरीके से एक बिजनेस सेनर की तरफ जाएंगे ये सब कुछ हम आपको यहां पर बताएंगे बहुत सारे प्रोफेशनल्स यहां पर मौजूद रहेंगे जो आपकी हेल्प करेंगे आपके हैंड होल्डिंग करेंगे बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए सो दोस्तों डेट डेट बिल्कुल याद रखें ग्यारह जनवरी शनिवार का दिन होगा शास्त्री नगर दिल्ली में ऑर्गेनाइज़ हो रहा है अगर आप बाहर से आना चाहते हैं तो आप अपने टिकट आज ही बुक करा लीजिए क्योंकि ये फ्रेंचाइजी शो आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑर्गेनाइज हो रहा है और ये इस शो में आपको 20 से अधिक फ्रेंचाइजी देखने को मिलेंगी अलग अलग सेक्टर्स की फ्रेंचाइजी होंगी फूड एंड बेवरेजेज की होंगी एजुकेशन की होंगी हेल्थ की होंगी बहुत सारी फ्रेंचाइजी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी साथ ही साथ वन ओ वन कंसल्टेशन मिलेगा फ्रेंचाइजी एक्सपेंसन के मौके मिलेंगे आपको लर्निंग मिलेगी नॉलेज मिलेगी और वो भी बिल्कुल फ्री सो so, दोस्तों जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे इस वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि जो भी बिजनेस खोलना चाहता है फ्रेंचाइजी खोलना चाहता है उसकी हेल्प हो सके और वो भी हमारे इस फ्रेंचाइजी अपॉर्चुनिटी शो में आसानी से आ सके सो so, दोस्तों हमारा वीडियो लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद और मैं आशा करता हूँ कि आप इसी तरीके से मुझे प्यार देते रहेंगे